भैया हम बड़ी मुश्किल से एक बग्गी चुरा के लाए थे देखिए पर जमाना आजकल का करो रह गया है दोस्ती का तो मात्रो यार दोस्त इतने गांडू हो गए हैं ना क्या बताए भैया भैया वो हमारी बग्गी ही चुरा के ले गए माँ खेलोड़े बताओ अब हमने से कहा कि भैया तुम हमारी बग्गी दोगे कि नहीं दोगे तो देख सुनिए नहीं <laughs> <laughs> और भैया जैसे ही हम अपने घर में आते हैं अपने दोस्त के साथ अपनी पूरी टीम लेके आए हैं ले आज सबको मार देंगे भोस्डी वालों को सबकी गांड फाड़ के रख देंगे आज कोई भी नहीं बच के जाएगा यहाँ से देखना क्या होता है